गाइज क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर साठ से ज्यादा परिवार के लोग करोड़पति हैं जी हाँ गाइस लगभग तीन दशक तक सूखे और गरीबी की मार झेलने के बाद महाराष्ट्र का हिवारे बाजार गांव आज देश का सबसे अमीर गांव है और इस गांव को अमीर बनाने का पूरा श्रेय यहां के सरपंच पवार जी को जाता है दरअसल सालों पहले पवार जी ने सूखे ग्रस्त इलाके को खेती लायक बनाने के लिए सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया जिसमे बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया जो बाद में वहाँ के किसानों को सिंचाई में मददगार साबित हुआ और किसान एक से ज्यादा फसल उगाने लगे। वहीं उन्होंने गांव में शराब और फ्री होने वाला ये पहला भी था। तो क्या बदलाव से हम हमारे देश के दूसरे गाँवों की तकदीर नहीं बदल सकते इस बारे में सोचिएगा और कॉमेंट से आप क्या सोचते हैं